9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे मकर राशि का कैरियर राशिफल 2020 आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल दर्शकों देखिए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित दो हजार कैरियर के मामलों में क्या कुछ लेकर के आया है ये आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा साथ ही साथ आप अपने कैरियर को कैसे प्रभावी बनाए अब आप कहेंगे पंडित जी जो चीज हो रही है वो तो होगी ही होगी हम उपाय क्यों करें तो जब आपके शरीर में कोई व्याधि आती है आप क्या करते हैं सीधे से डॉक्टर के पास जाते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं तो वो आपकी बीमारी दूर करता है आपको जब भी घर बनवाना होता है आर्किटेक्ट के पास जाते हैं तो इसी तरीके से जब आपके भाग्य में कोई कमी आती है जब लगता है कि आपके काम नहीं होते हैं तो आप क्या करेंगे ज्योति के पास जाएँगे और एक चीज़ बता दें ऐसे ज्योतिशियों से सावधान रहिएगा जो कि घर बैठे आपका भाग्य बदल देते हैं तमाम ऐसे यूट्यूब पर हमने देखा कई लोगों को जो कि बहुत गलते हैं जो है बहुत गलत करते हैं और ऐसे मक्कार लोगों से आपको बच कर रहना है आपका पैसा आपका धन बड़ा कीमती है इनका सदुपयोग आप करना सीखिए तो चलिए दर्शकों करियर राशिफल 2020 मकर राशि के जातकों के अनुसार इस मकर कैरियर के, के लिए कई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कैरियर में नए अवसर आपको मिलेंगे व्यापार जगत में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी इसमें तो कोई शंका ही नहीं है विशेषकर जो व्यक्ति फैशन व मेकअप डिजाइनिंग के के कॉस्मेटिक चीजों से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छी सफलता मिलने के योग इस साल दिखा रहा है मकर राशि के जातकों वर्ष कुंडली जो है आपकी कह रही कि चूंकि आपकी राशि से बारहवें स्थान पर पांच ग्रहों का एक साथ होना जो कुछ मायनों में आपके लिए हानिकारक होता है देखिए द्वादश भाव होता है हानिका खर्च का अपमान का तो ये आपके करियर के लिए जो है हानिकारक थोड़ा सा रहेगा लेकिन यदि आपको जो हम उपाय बताएंगे वो यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा यदि दर्शकों आप व्यापार करते हैं तो आपको लाभ होगा फॉरन से जो है जो करेंसी का व्यापार करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, का काम करते हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा जो जा बाहरी देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं उन्हें इसका मौका मिलेगा और इससे अच्छा मौका फिर कभी आपको मिलेगा भी नहीं जो जातक आयात निर्यात के क्षेत्र में काम करते हैं ऐसे में उनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है क्योंकि 2020 की वर्ष कुंडली में 24 जनवरी को शनिदेव मतलब आपकी राशि के जो स्वामी हैं इनका मेजर ट्रांजिट हो रहा है और अपनी राशि में प्रवेश कर रहा है देखिए अपनी राशि में जब ये आ जाएंगे लग्न में आ जाएंगे पहले हाउस में आएंगे तो पंच महापुरुषों में एक योग होता है शश महापुरुष नामक का राजयोग तो जो आपके लिए कई मायनों में लाभप्रद होने वाला है बात करें इस योग की आपके करियर के लिए क्या रहेगा तो इस योग के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति में काफी अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा देखिए लग्न में बैठा शनि दशम दृष्टि कर्म भाव को भी दे जो है देता है आपकी पदोन्नति भी होगी आपको नए प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको नई परियोजनाएं परियोजनाओं का दायित्व भी मिल सकता है आपके ऑफिस में आपको पद मिलेगा प्रतिष्ठा मिलेगी सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा देखिए 2020 में एक बात और बता दें कि मार्च महीने में 30 मार्च को गुरु राशि परिवर्तन करके मकर राशि में ही आएंगे यहाँ पर जुपिटर नीच के हो जाते हैं कर्क में उच्च के होते हैं मकर में नीच के होते हैं जो कि नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे चूँकि आपकी राशि में पहले से ही शनिदेव विराजमान है स्वराशि के हैं और इनके साथ बृहस्पति का गोचर करना आपके लिए नीचभंग राजयोग का जो निर्माण करेगा ये आपके लिए शुभ करेगा आपको अपने करियर को आगे ले जाने में सहायता मिलेगी जिससे आप भविष्य के लिए योजनाएं बना सकेंगे मकर राशि के जात को अपनी मेहनत के बलबूते आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं जो लोग एम एन कंपनियों में कार्य कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष तरक्की प्राप्त होगी वहीं जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये साल जून के बाद से काफ़ी अच्छा होगा काफ़ी मोटा मुनाफ़ा वो लोग कमाएंगे जो लोग ट्रेवल एजेंसी से रिलेटेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोल से रिलेटेड पेट्रोलियम चीज़ों से रिलेटेड क्या कहते हैं जो व्यापार करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा लेकिन 11 मई को शनि चूँकि आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं जिसका प्रभाव आपको अपने कैरियर पर दिखाई पड़ेगा इससे आपके मन में कार्य के लिए थोड़ी सी अरुचि पैदा होगी थोड़ी से थोड़ा सा आपके अंदर काहिलपना आएगा तो कार्य में कुछ बदलाव भी यहाँ हो सकते हैं और आप लोग जो है किसी को यहाँ पर इस दौरान धन मत दीजिएगा स्थान परिवर्तन का ये योग इस पीरियड में रहेगा इसके साथ साथ आपकी कुंडली में जो स्थान परिवर्तन का राजयोग बन रहा है तो मनपसंद जगह पर आपको अपना ट्रांसफर भी मिल सकता है। है है पर पर आपका जो है, पर आपका जो जो कार्यस्थल बदलाव हो सकता है 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो वक्री होने पर इसका प्रभाव आपको हर क्षेत्र में जो है देखिए बढ़ जाता है चूंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम सप्तम नवम दृष्टि तीन दृष्टिया इनको प्राप्त है तो थोड़ा सा आपके लिए जो है अलर्ट रहने का समय रहेगा 23 सितंबर को राहु मकर राशि से पांचवें स्थान पर स्थित हो जाएंगे पंचम स्थान का राहु आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है और दुविधा में डाल सकता है जिसके चलते आप काम को लेकर के परेशान हो सकते हैं क्योंकि वर्ष कुंडली में 29 सितंबर को शनिदेव मार्गी होंगे जो आपके कार्यक्षेत्र के लिए और आपकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाएंगे आपके बल को बढ़ाएंगे आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति फिर से मकर राशि में आएंगे अगेन नीचभंग राजयोग बनेगा तो पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग अपने काम में आगे लग जाएंगे तो कुल मिला करके ये साल यदि हम बात करें तो कार्य या व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है उम्मीद से बढ़ करके आपको इसमें सफलता मिलेगी इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड जो लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा वो लोग बाहर जा करके सफल हो सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि जो लोग कोल uh, से रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा जो है सावधान रहना होगा आपके जो ड्राइवर होंगे या ट्रेवल एजेंसी से जो आप काम करेंगे वो आपको चीट करेंगे तो ऐसे लोगों से आपको बचना रहेगा सावधान रहना होगा आपको नज़र रखनी होगी वाड़ी का अपने अच्छे से सदपूर्वक प्रयोग करिएगा अन्यथा कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है आप कुछ ऐसे शब्द बोल जाएंगे कि आपके स्वतः काम खराब हो जाएंगे तो ओवरऑल ये तो था देखिए करियर राशिफल 2020 सब कुछ अच्छा ही रहेगा आप लोगों के लिए और सरकारी नौकरी मिलने का भी योग बन रहा है खास करके जुडिशरी से रिलेटेड आप किसी बड़े पद पर जा सकते हैं बहुत अच्छे वकील बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं एलएलबी इत्यादि का यदि आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया होगा आपके फेवर में आएगा पीसीएस uh, का जो आपने एग्जाम दिया होगा पीसीएस जे हो गया एच हो गया उसमें भी आप लोग बहुत हद तक की सफल हो सकते हैं देखिए वास्तविक स्थिति क्या होती है ये तो आपकी कुंडली देखने पर ही पता चलेगा क्योंकि करोड़ों लोगों की मकर राशि है तो ऐसे कैसे जज कर सकते हैं आपकी कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी किस अवस्था में है वास्तव में आपकी कुंडली में महादशा कौन सी चल रही है अंतरदशा कौन सी चल रही है योगनी दशा आपकी क्या चल रही है सब डिविजनल चार्टर्स में कुंडली की क्या पोजीशन है जैमिनी पद्धति में भी देखा जाता है आपकी जो है कारकांश कुंडली क्या कहती है तो एक चीजों से जज नहीं किया जाता ज्योतिष बहुआयामी है, बहु है। इसलिए आप लोगों से निवेदन यदि वास्तविक स्थिति का आपको पता लगाना है इन ग्रहों के गोचर का आपके वास्तविक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे मिलकर के करवा सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से करवा सकते हैं सुबह 10 से शाम 6 बजे तक की हमारा ऑफिस खुला रहता आप है आप लोग संपर्क करिए और निश्चित ही आपको जो है रिस्पांस दिया जाएगा साथ ही साथ दर्शकों अब उपाय पर आ जाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना उपाय नंबर एक आपको करना क्या रहेगा सबसे पहले शनि की साढ़े चल रही है दशरथ शनि का पाठ आप लोगों को नित्य करना रहेगा रविवार वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है भगवान भास्कर को अर्घ देना है और सूर्य देव के समक्ष बैठकर 21 बार गायत्री मंत्र का आपको पाठ करना रहेगा कार्य क्षेत्र पर निकलने से पहले डेली थोड़ा सा आपको गुड़ की बाइट लेकर के जानी रहेगी और मकर राशि के जात को एक अंतिम प्रयोग आपके लिए बता रहे हैं और करियर से रिलेटेड ये बता रहे हैं इन प्रयोग को कर कर आप निश्चित ही सफल होंगे देखिए करना क्या रहेगा सबसे पहले तो प्रतिदिन कीलक कवच अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्रोत का आप लोग पाठ करिए और इस इस पाठ को जब आप करेंगे तो बुधवार वाले दिन आपको करना क्या रहेगा कि दुर्गा जी के मंदिर में जाना है और एक मीठा पान आपको लेना है मीठा पान लेकर के मां दुर्गा को आप को अर्पित करना रहेगा इससे होगा ये कि आपके करियर में मां दुर्गा इतना ज्यादा जो है आपको जो है परफॉर्मेंस दे देंगी इतनी तरक्की आपको दे देंगी कि आपके संभाले नहीं संभलेगा साथ ही साथ दर्शकों संडे वाले दिन हमने फिर बता दिया कि नमक अवॉइड कर दीजिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक तो आपको किसी भी प्रकार का जो है नमक आपके ब्लड में सॉल्ट घुलना ही नहीं चाहिए बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा ये इतने से यदि आप उपाय कर ले जाते हैं तो निश्चित ही आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है तो मकर राशि के जात को कैसा लगा मारा है? ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है कि जय श्री राम का, का जो है उद्घोष हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कीजिए जिससे कि की एक नई ऊर्जा मिले नई चेतना मिले और राम नाम का जो ये जो है हम चाहते हैं कि इतने कमेंट हो जाए कि महासागर बन जाए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और भी अच्छा क्या कर सकते हैं सुझाव दीजिए हमें हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वार्षिक राशिफल मकर राशि का 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार भी राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका आप जा करके है।, दो -दो जा करके है आप लोग जाकर के देख सकते हैं भागीरथ श्रृंखला भी है भविष्यवाड़ी जो कि दो दो ढाई ढाई साल पहले हमने प्रशन की थी वो जाकर के कैसे सही हुई आप लोग जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन दबाएंगे जब भी लाइव होंगे डेली दैनिक राशिफल में आपकी कुंडली फ्री में भी देख लेंगे तो दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों को नए साल की शुभकामनाओं के साथ छोड़े जाते हैं नमस्कार जय श्री राम जय हिंद वंदे मातरम